हेलो गाइस तो आज मुझे ब्रेकफास्ट में दूध और बनाना मिल रहा है लेकिन हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे हेल्थ के लिए चाहते हैं तो आप उससे एक प्रोमिस करें कि आप वन डे ही वीक में जंक फूड खाएंगे और बाकी सारे दिन सिक्स डेज आप खाएंगे हेल्दी फूड तो वो जो जंक फूड का डे है वो है सन्डे तो ठीक है तो मैं कहना चाहूँगा हम अपने टंग के लिए नहीं खाते हम अपने टंग के टेस्ट के लिए नहीं खाते हम अपने बॉडी के लिए खाते हैं तो आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप सिक्स डेज खाएंगे और वन डे जंप खाएंगे